नमस्ते मेरा नाम सूरज मोतीवा वाला है मैं भारतीय बहाई समुदाय का एक सदस्य हूं आज मैं आपको पहाई धर्म के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि आपको विभिन्न पहाई शिक्षाओं के बारे में सीखने में मजा आएगा बहाई धर्म एक स्वतंत्र विश्व धर्म है जैसे हिंदू धर्म बौद्ध धर्म यहूदी धर्म ईसाई धर्म और इस्लाम यह इन धर्मों का एक संप्रदाय या शाखा नहीं है बहाई धर्म के अनुयायियों को बहाई कहा जाता है मैं अपने माता पिता या अपने आसपास के समुदाय के दबाव के कारण बहाई नहीं हूं अठारह साल की उम्र के बाद मैंने खुले दिमाग से बहाई धर्म और कुछ अन्य प्रमुख धर्मों के शास्त्रों का अध्ययन किया और बहाई धर्म की शिक्षाओं का पालन करने का फैसला किया क्योंकि उनके पास मेरे सवालों के सबसे संतोषजनक जवाब थे मैं इन शिक्षाओं को आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि यह आपको हमारी इस दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी तो सबसे महत्वपूर्ण बात एक बहाई होने के लिए हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि ईश्वर एक है अमीरों के लिए गरीबों के लिए हिंदुओं के लिए मुसलमानों के लिए ईसाइयों के लिए हम सबका एक ही ईश्वर है चाहे हम अरबी में प्रार्थना करें या संस्कृत में चाहे हम स्वास्थ्य धन या सहायता के लिए प्रार्थना करें सभी प्राणियों की प्रार्थना एक ही ईश्वर के पास जाती है भले ही भगवान के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हिंदुओं के लिए मुसलमानों के लिए या ईसाइयों के लिए अलग अलग देवता है ईश्वर एक है चाहे आप उसे किसी भी नाम से पुकारें, वह सारे जगत के परम रचिता है फिर जो मुझे पहाई धर्म के बारे में सबसे ज्यादा पसंद है वह है प्रगतिशील मार्गदर्शन के बारे में शिक्षण बहाई धर्म हमें सिखाता है कि ईश्वर को मनुष्य की रचना से प्यार था हम मनुष्य ईश्वर की सबसे बेश की रचना है क्योंकि हमारे पास कई अनोखी शक्तियां हैं जो हमें अन्य निर्मित चीजों से अलग करती हैं। हमारे कई उपहारों में से एक मनुष्य की सोचने और समझने की विशेष क्षमता है लेकिन इस क्षमता को विकसित करने के लिए मनुष्य को एक दिव्य शिक्षक की आवश्यकता होती है हमारी दुनिया में जिन्हें कृष्णा बोध जोरेस्टर मूसा क्राइस्ट और पैगंबर मोहम्मद के नाम से जाना जाता है बहाई धर्म है बताता है कि दिव्य शिक्षक मानव जाति के लिए ईश्वर के संदेशवाहक हैं। वे अलग अलग समय में एक एक के के बाद दुनिया अलग-अलग हिस्सों में आए और धीरे धीरे मानवता को शिक्षित किया है उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण पांच हजार साल पहले भगवद गीता के माध्यम से मानव जाति का मार्गदर्शन करने आए थे और उत्तरी भारत में प्रकट हुए थे उसी तरह मूसा इजिप्ट के आसपास पैदा हुए थे और लगभग 3500 साल पहले मानव जाति का मार्गदर्शन करने आए थे और उन्होंने द ओल्ड टेस्टमेंट का खुलासा किया था नेपाल के दक्षिण में लगभग 2800 साल पहले भगवान बुद्ध मानव जाति को मार्गदर्शन करने के लिए प्रकट हुए थे दो क्राइस्ट बीस साल पहले सभी मानव जाति को शिक्षित करने के लिए प्रकट हुए और नजर में पैदा हुए थे उनकी शिक्षाएं बाइबल में मौजूद हैं। और फिर पैगंबर मोहम्मद लगभग 1600 साल पहले सभी मानव जाति के उत्थान और मार्गदर्शन के लिए आए थे और उनका जन्म मक्का में हुआ था उन्होंने पवित्र कुरान के माध्यम से दुनिया को शिक्षित किया तो अंत में निष्कर्ष निकालने के लिए बाई मानते हैं कि भगवान ने हमेशा अपने दूतों को मानव जाति का मार्गदर्शन करने के लिए भेजा है और जब भी मानव जाति को नए मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी तो नए संदेश भेजना जारी रहेगा पृथ्वी पर अधर्म स्थापित होगा तो धर्म स्थापित करने के लिए ईश्वर के संदेश वाहक फिर आएंगे उनके अलग अलग नाम हो सकते हैं वे अलग अलग दिख सकते हैं अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं लेकिन वे सभी पृथ्वी पर परमेश्वर के उद्देश्य को प्रकट करने के लिए आते हैं उनकी शिक्षाओं में अंतर इसलिए है क्योंकि जिस अवधि में वे प्रकट हुए उनकी अलग अलग चुनौतियां थी साहि है कि पहली से दसवी तक की सभी कक्षाओं में एक ही पाठ्यक्रम नहीं हो सकता इसी तरह विकासशील मनुष्य की क्षमता के अनुसार विभिन्न धर्मों की शिक्षाओं में हमेशा क्रमिक परिवर्तन होता रहा है शिक्षाओं में इन अंतरों का मतलब यह नहीं है कि शिक्षक अलग और विरोधाभासी है हमारा ईश्वर एक है उनके सभी दिव्य शिक्षक एक ही स्रोत से आते हैं और मानव जाति एक परिवार है